तो एक बड़ी अपडेट है दो, दोस्तों आप सभी के लिए जो कि आपसे शेयर करने बहुत ज़रूरी है यू पी एस सी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है ठीक है दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहे हैं नोटिफिकेशन आया है आप सभी के लिए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन है रिलीज़ किया गया है कम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामेशन दो तो एलिजिबल कैंडिडेट इसने यहाँ पर अप्लाई किया था सभी एग्ज़ाम अप्लाई किया था तो जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया था उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है तो इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है यू पी एस वन का तो अभी अभी रिज़ल्ट ये आया है जो कि आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने बहुत जरूरी है तो पोस्ट का नेम है यहाँ पर लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट है उसका रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है यू पी का तो बहुत टाइम से जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी वेट कर रहे थे कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा तो फाइनली वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया कर दिया गया है 341 नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 341 पोस्ट के लिए यहां पर जो कि है यू का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है सैलरी पेज के लिए यहां पर अगर आपका सिलेक्शन अगर हुआ है जो लिस्ट में नाम है अगर आपका तो यहां पर आपका छप्पन रुपए से लेकर वन एक लाख सतर हज़ार रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी है इन हैंड जो है कि रहने वाली है ठीक है दोस्तों और जो लोकेशन आपको रहेगी ऑल ओवर इंडिया जैसे कि आप सभी जानते हैं और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 11 जनवरी 11 जनवरी तक आपने फॉर्म को अप्लाई किया था और यहाँ पर फीस आपने यहाँ पर पे करी थी एस सी एस कैंडिडेट ने यहाँ पर कुछ भी पे नहीं किया था जनरल ने यहाँ पर दो सौ फ़ीस यहाँ पर फीस पे करी थी यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए ठीक दोस्तों तो, तो यू पी का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और देहरादून के अंदर यहाँ पे 100 वैकेंसीज थी हैं मतलब कि आई के अंदर एजी माला के अंदर 22 वैकेंसी थे एयरफोर्स के अंदर अकेडमी में हैदराबाद में 32 वैकेंसीज़ हैं ओटीए में चेन्नई में सत्तः एक सौ सत्तर चेन्नई वूमेन के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर ये वैकेंसीज की यहाँ पर डिटेल है अगर उनका सिलेक्शन अगर हुआ है तो यहाँ पर उनको पोस्टिंग जो है चोकि मिल सकती है ठीक है दोस्तों और पोस्टें हैं यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के दर्वकेंसीज़ हैं और ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर डिटेल थी ठीक है दोस्तों अब हम देखने वाले हैं और रिज़ल्ट देखने वाले हैं आपका रिज़ल्ट यहाँ पर देख लेते हैं एक बार डाउनलोड करके हम देखेंगे क्या आपका रिज़ल्ट क्या आया है यू पी फंड का तो अभी अभी बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी के लिए आई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कम्बाइंड डिफ, डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन से रिटर्न का यहाँ पर रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ कम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन दो हेल्ड वाइज यूनियन यू, यू, यू, यू, यू, यू मतलब कि शोट बोल रहा हूँ मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का टेंथ अप्रैल को टेंथ अप्रैल को यहाँ पर एग्जाम हुआ था तो जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया था उन सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है कैंडिडेट्स विद द फॉलोइंग रोल नंबर्स है क्वालिफाइड फॉर बीइंग इंटरव्यूड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मैनेस्टर तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन अगर होता है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून में आपको सिलेक्शन मिलेगा और कोर्स कमेंसिंग जनवरी 2022 में 23 में आपको यहाँ पर सिलेक्शन जो है मिलने वाला है आगे देख लेते हैं द कैंडिडेट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स होज रोल नंबर आर शोन इन द लिस्ट बिलो प्रोविजनल इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन दे आर रिक्वायर टू सबमिट अगर जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर आने हैं वही वेरीफाई करवाने हैं कुछ भी यहाँ पर धांधलबाजी आपकी नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा ठीक है दोस्तों और आगे नोटिस देख लेते हैं कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड इन द रिटर्न एग्जामिशन गिवन देअर फर्स्ट चॉइस एज आर्मी रजिस्टर दम सेल्फ ऑन दिक्रूटिंग डायरेक्टोरेट वेबसाइट तो ये है अगर इस अगर आई एम ए के अंदर आर्मी में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया गया है इन केस देयर इज एनी चेंज ऑफ एडरस द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू परमोटली इंटीमेट डायरेक्टली टू आर्मी हेडकोटर तो यहाँ पर मैंशन किया गया है कि इन केस जब तक आपका सिलेक्शन यहाँ होता है तो इन केस अगर आपका एड्रेस यहाँ पर चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पर हेड कोार्टर में वहाँ पर इंटीमेट करना है उनको बताना जरूरी है नहीं तो यहाँ पर आपको डिसकॉलीफाई कर दिया जाएगा फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट फैसिलीटेसन काउंटर नियर गेट नंबर सी गेट नंबर सी पे आप जाके मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है या परेशानी है अगर आपको यहाँ पर सोल्यूशन कहीं से नहीं मिल रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप यहाँ पर इस नंबर पर टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करके आप अपना जो क्वेरी है वो कर सकते हैं और यहाँ पर वेबसाइट है officer स्लैश नेवी एट द तो इस वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी आगे नोटिस दिया गया मार्क्शीट कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड विल भी अवेलेबल ऑन दी कमीशन वेबसाइट विद इन फिफ्टीन डेज़ फ्राम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ओ है तो ये है कि मार्कशीट आपको यहाँ पर दिखानी जरूरी है तो ये है रिज़ल्ट यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ये रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया गया है 0100150 तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर बहुत सारे रोल नंबर हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है ये तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर सर्च करके अपना रोल नंबर जो है चेक कर सकते हैं और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था और किस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ और किसका नहीं हुआ और कितने मार्क्स से आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है सिलेक्शन आपका नहीं हुआ तो वो भी वो भी हाँ, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ आप अपने मार्क्स हमें ज़रूर बताएँ आप ठीक है दोस्तों और अगर आपको रिजल्ट चेक करने में कोई दिक्कत आ रही है इशू आ रही है तो आप हमें बताएँ हम आपका पूरा सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों तो न्यू दिल्ली की तरफ से ये नोटिस था और बड़ी बड़ी बड़ी अपडेट थी जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूपीएससी का सपना देखा होता है तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर 24 पेजेस का यहाँ पर ये रिज़ल्ट है जो कि आया है ठीक है दोस्तों तो ये एक इंफॉ बहुत ही बड़ी तगड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी